है गाइस वेलकम बैक उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर से आ गया हूँ मैं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर पार्टनर अगर ये तीन साइन आप पकड़ लेते हो तो यकीन मानो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि आपका पार्टनर आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है कि नहीं सो ये तीन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं and that will going to become a very very very good point and good sign तो इसको काफ़ी ध्यान से देखना definitely आप बहुत कुछ समझ पाओगे uh, to इम्पोर्टेंस योर partner so पहला point हमारा ये है ask before task इसका मतलब क्या होता है ये समझना है हमको so पहला point है ask before task तो इसका simple सा मतलब होता है कुछ करने से पहले कुछ पूछना permit लेना ठीक है permission लेना देखिए दो तरह की condition होती हैं पहली कंडीशन होती है इन्फॉर्मेशन देना दूसरी कंडीशन होती है परमिशन लेना ओके इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दो तरह की सिचुएशन बनती हैं तो पहली सिचुएशन में क्या होता है पहले में ये होता है कि आपको कहीं पे जाना है तो चले जाओ और अपने पार्टनर को सिंपल बता दो कि हम यहाँ पे गए थे या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सिंपल से एक इन्फॉर्मेशन दो कि हमें यहाँ पर जाना है ठीक है अब उसमें किसी की रजामंदी नहीं चाहिए हमको जाना है तो जाना है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को दूसरी कंडीशन होती है कि आपको पूछना है ठीक है परमिट लेना है कि हमें यहाँ पे जाना है हम जाएँ या ना जाएँ हमें ये करना है हम ये करें या ना करें हमें ये चीज़ लेनी है हमें ये लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए तो इसको हम परमिशन लेना बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर आपका पार्टनर हर बात पर छोटी छोटी बातों पर भी आपसे परमिशन ले रहा है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है परमिशन ले रहा है तो डेफिनेटली वो आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है यहाँ पे एक कंडीशन है कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए कि दबाव बश जो है वो आपसे बार बार चीज़ों को पूछता है पूछना उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए वो दिल से अपनी मर्जी से पूछ रहा है तो ये काम करेगा ठीक है अगर ऐसा हो रहा है और आई एम श्योर कि यह पॉइंट कभी ना कभी आपने ज़रूर फेस किया होगा ये शाइन आपके रिलेशन के किसी न किसी फेज़ में रहा होगा कईयों में तो आज भी होगा ठीक है अगर ये पॉइंट है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ठीक है दैट इज वेरी गुड साइन अब आपको हम बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में है इसका मतलब यह है कि आपका पार्टनर आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स तो दे रहा है पर आपको नहीं दे रहा है ठीक है आपके सामने नहीं दे रहा है आपको नहीं दे रहा है बल्कि किसी और के साथ शेयर कर रहा है जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ सपोज करिए कि अगर जो है मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से जो है हमारे बारे में बात करे और बहुत अच्छी बातें करे मेरे बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करे तारीफ जो है बताए क्वालिटीज़ बताए और ये सब मुझे बाद में किसी और के द्वारा पता चले तो अगर इस तरीके का सिचुएशन बनता है और बार बार आपको अगर इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलते हैं बार बार खबरें आप तक आती हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ स्प्रेड की जा रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट ये शाइन इस तरफ इशारा करता है कि आपका पार्टनर जो है हंड्रेड आपके प्यार में चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है ओके अब आपको हम बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट ये मैंनेडेटरी नहीं है कि जो है जिसमें पिछले दो पॉइंट्स मिलेंगे उसमें ये पाया ही जाए ठीक है अगर ये पाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है ये पॉइंट अगर है यह पॉइंट यह है कि आपका पार्टनर जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत ही कूल हो जाना चाहिए कूल cool का मतलब है उसे जो है ऑड इवेंट से फ़र्क ज़्यादा ना पड़े ठीक है मतलब कि प्रॉब्लम्स आए तो जो है नॉर्मल पर्सन की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करे ओवर रिएक्ट ना करे कूल cool है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ईजिली टैकल करे ठीक है कॉन्फिडेंट रहे कि आप उसके पास हो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है ये मैंने कहा बहुत ही टफ़ पॉइंट है हर किसी में मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर मिल जाता है तो ये कम्प्लीटनेस देता है और अगर ऐसा है आपके रिलेशनशिप में लास्ट दो पॉइंट भी हैं ये भी है तो 110 परसेंट जो है आप कॉन्फिडेंट रहिए आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा पूरी तरह से डूब चुका है आपके प्यार में ठीक है तो ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन मैंने बताया तीसरा जो है आपका पार्टनर कूल cool होना चाहिए आपकी वजह से उसे जो है बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस होना चाहिए और वो आपके वजह से हमेशा खुश रहे उसके चेहरे पे स्माइल है ब्राइटनेस रहे एक अलग ही जो है थ्योरी के साथ वो जी रहा हो क्योंकि आप उसके साथ हो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैटर ठीक है बॉय फ्रेंड कोई भी हो सकता है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे कुछ साइन थे और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे डाली हैं फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वन टू वन बात होनी चाहिए तो आप मुझे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना उस पर ये पूरा सर्च मार देना लेविनटा सिटी एट आपको लविंटा की आई मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं I will definitely uh, give you better answer. Okay, so आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं